गलियां उम्र तू तेरी मां की मां का चु क्या हो गया एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दी जिंदगी बदल दी कुछ चीज़ें सपनों में रहता